वेलकम टू आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पिछली क्लास में मैंने आपको मेटल्स पढ़ाया हुआ था जिसके पार्ट वन तथा पार्ट टू कंप्लीट हो गए हैं जिस किसी ने भी पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा हुआ है मेटल्स में वह सभी लोग आई बटन के लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं आज मैं मेटल चैप्टर का पार्ट थ्री यहाँ बताने जा रहा हूँ जो कि कोशिश करूँगा कि इस पार्ट में आपका मेटल चैप्टर्स में कंप्लीट कर दूं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील मतलब स्टील का वर्गीकरण स्टील को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये चीजें मैं यहां पे आपको बताऊंगा अब देखिए स्टील को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सबसे पहले कार्बन स्टील फिफ्टला कार्बन स्टील जो हमारा दो पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है आयरन प्लस कार्बन कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज जीरो परसेंट से 1.5 परसेंट तक कार्बन पाया जाता है अब कार्बन स्टील को भी तीन पार्ट्स में बांटा गया है लो कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील इसके देखिए लो कार्बन स्टील को स्टील के नाम से भी जाना जाता है देखिए इसमें कार्बन पॉइंट टू फाइव परसेंट से जीरो पॉइंट सेवन परसेंट तक कार्बन पाया जाता है, है। नेक्स्ट हमारा हाई अधिक मात्रा में कार्बन का परसेंटेज होता है से से तक कार्बन पाया जाता है अब हमारा स्टील स्टील भी टू पार्ट्स मिलकर बना हुआ है इसके अंतर्गत भी देखेंगे स्टील स्टाइनलेस स्टील किन किन मटेरियल का मिक्सर होता है स्टाइनलेस स्टील हमारा निकिल तथा क्रोमियम का मिक्सर होता है जिसमें कि 60 जिसमेंट निकिल मिलाया जाता है तथा 12 परसेंट क्रोमियम इनके मिक्सिंग से हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है नेक्स्ट हमारा हाई स्पीड स्टील High -speed steel के बनाए जाते हैं। अलग अलग परसेंटेज होता है जैसे कि कार्बन का जीरो पॉइंट सेवन परसेंट तक होता है Tandestan में होता कारण क्रोमियम में चार परसेंट क्रोमियम पाया जाता है एक परसेंटियम होता है नेक्स्ट ने, कभी कभी परसेंटेज पाया जाता है जो कि चार परसेंट है इन सभी मेटल्स का अलग अलग पॉइंट्स होता है मतलब कि गना सबसे पहले हमारा है क्रोमियम क्रोमियम का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसे हम गलान बोलते हैं नेक्स्ट हमारा क्रोमियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अठारह डिग्री सेंटीग्रेड होता है से बनी हुई है हम देखेंगे सबसे पहले इसमें हार्डलेस का होता है नॉन होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज 0.2 से 0.7 पाया जाता है स्टील का यूज इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी किया जाता है इसी तरीके से स्टेनलेस स्टील का भी यूज प्रिस इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है नेक्स्ट हमारा कोबार्डी मतलब इसकी वियर रजिस्टेंस होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है चौदह डिग्री सेंटीग्रेड अब हम चलेंगे नॉन फिर मेटल नॉन फिर मेटल को भी कुछ कैटेज में डिवाइड किया गया है पहला है सिल्वर फिर है कॉफर फिर है एल्यूमिनियम करते हैं, जिसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता होता है, ये होता है, ये मतलब कि भंगुर अब हम नॉन मेटल्स की कुछ की प्रॉपर्टीज यहां पे देखेंगे सबसे पहला है हमारा सिल्वर फिर प्रॉपर्टीज यहां पे देखेंगे का कलर रेड होता है और नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम फिर जिंक फिर टीम सिल्वर जो कि आभूषणों को बनाने में यूज किया जाता है कॉफर का मतलब सी तार के रूप तार के रूप में बनाए जाते हैं इससे कॉफर से एलुमिनियम से हमारे बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं। लेड, सीसा, जिससे कि हमारे कांच की वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब हम क्या? ब्रास ब्रास को तो हिंदी में बोलते हैं पीतल जिसमें की कार्बन का साठ परसेंट होता है तथा जिंक का 40 परसेंट होता है नेक्स्ट हमारा ब्राउन जिसे कासा कॉपर का 75 से पंचानवे परसेंट पाया जाता है एसेंट मतलब टीन, टीन का पास से परसेंट होता है नेक्स्ट हमारा गन मेंटल, गन मेटल, मेटल तीन चीजों का है, सबसे पहला है अट्ठासी परसेंट कॉपर होता है नेक्स्ट हमारा एसेंट टीम 10 परसेंट टीम पाया जाता है नेक्स्ट हमारा जी दो परसेंट जिंक होता है इस तरीके से टोटल हमारा हो गया 100 परसेंट कैन मेटल तीन चीजों से मिलकर बना है कॉपर, तथा जिंक। जर्मन सिल्वर, जो कि नॉन फिर मेटल का पार्ट है यह भी तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है कॉपर, तथा जिंक। अब हम चलेंगे ऑफ मैथड को किसके द्वारा पहचानते हैं सबसे पहला है बाय फायरिंग मैथड फिर सेकेंड है, है हमारा बाई पार फिर है हमारा अदर मैथड बाय फाइलिंग प्रोसेस में क्या होगा फाइलिंग द्वारा धातुओं की पहचान की जाती है माइल्ड स्टील को आसानी से फाइल किया जा सकता है नेक्स्ट हमारा बाई कोल्ड हैमरिंग मतलब कि यदि एक समान प्रेशर से माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील पर हैमरिंग से चोट लगाई जाती है नेक्स्ट हमारा स्पार बाई स्पार मतलब कि इस पार्क द्वारा यदि धातुओं को तो ग्राइंडिंग व्हील पर लगाया जाता है तो चिंगारियां निकलती हैं कास्ट टैलर की सीटों और छोटी चिंगारियां निकलती हैं अदर मेटल धातुओं को उनकी बनावट भार और आवाज से भी पहचाना जा सकता है अब हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं सबसे पहले 18 डेस्क का मतलब क्या ये स्टेनलेस स्टील है, है, है। जिसमें कि 18 होता होता 8 हमारा हाई कार्बन स्टील जिसमें से 1.5 तक कार्बन पाया जाता है और मेटल, जो कि मैंने अठासी परसेंट कॉफर होता है दो परसेंट चींक पाया जाता है तथा टेन परसेंट तीन होता है नेक्स्ट नंबर सबसे अधिक पॉइंट का, होता है, अब 18 अर्पार, अर्पार का मतलब क्या है ये हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन है जिसमें कि चार परसेंट क्रोमियम 1 परसेंट नेक्स्ट हमारा पॉइंट सब में सबसे कम परसेंटेज कार्बन पाई जाती है। ब्लैक का ही पार्ट से और जो हमारे बी एडी बनाए जाते हैं बना है। इस तरह से आज मेटल चैप्टर यहां पे कंप्लीट हुआ है